वेलकम बी एंड गाइज आज तुम्हारा भाई फिर से खेल रहा है Roblox. And guys, Roblox में आज होगी एक बहुत ही ज़्यादा मजेदार और अब लोग यहाँ पे गाइज इतना बड़ा ऑफिस बनाएंगे इतना बड़ा ऑफिस बनाएंगे की उससे पैसे भाई थोक भाव में आएंगे अभी मैं दिखाता हूँ आपको गाइज टिके और यह पता नहीं क्या टूटोरियल खत्म नहीं हो रहा ऑल राइट हो गया और यह क्या स्टार्टर पैक आर एंड नहीं चाहिए भाई स्टार्टर पैक तुम रखो भाई और राइट right, फंडल है और राइट दो सौ डॉलर हो गया है एंड यू नो वट देट मीन गाइज अपने को यहाँ पर नई चीजें खरीदनी है ओके okay, तुम्हारा तो बिल्डिंग बनानी गेस्ट पहले आ गए ये वो वाली बात होगी भाई मंदिर बनानी भिखारी पहले आ गए आप गेस्ट को भिखारी बोल रहे हो अरे मैं इनको भिखारी बोल रहा हूँ यार मैं गेस्ट को थोड़ी बोल रहा हूँ ये बंदे मेरी बिल्डिंग पे बिना बुलाया तो भाई, ओके, ओके। तो भाई अभी तो, अभी तो कोई भी खाली नहीं है दो दो कंप्यूटर लग चुके हैं ओके तो क्या जिसका मतलब तो आप लोग जानते हो दो बंदे मतलब डबल पैसा डबल पैसा इज इक्वल टू डबल मुनाफा एंड तुम्हारा फ्रोस्ट भाई इतना मुनाफा कमाएगा इतना मुनाफा कमाएगा किसी ने सोचा नहीं होगा ये देखो दोस्त आप लोग पास देखते ही देखते कितने सारी चीजें हो चुकी है आई मीन अपलग्रेडर भी खरीद सकते हो आप कहा से आया आए भाई लेकिन बना नहीं था नहीं बनाई अपल लोग देख ब्रो मैंने अपग्रेडर खरीद लिया है ना वो भी भाई अपग्रेड हो जाते हैं मतलब आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है ये देखो ट्वेल्व आई मीन ट्व हंड्रेड हो गए इन टोटल Almost, और इन पैसों को मेरा शकल लेके जॉब मांगने के लिए चलो कोई बात नहीं तो गाइज फटाफट से वॉल लगा देते जरूरत नहीं है लेजर भी लगा दिए यहाँ पर डोर पे टकराइयों मत मर जाएगा समझ इधर तो भाई भाई भाई लेकिन करे थोड़ा वेट गेम खेलना पड़ेगा, भाई ने अनलॉक है थोड़ा काम तुम्हारे भाई पर कर दिया है दोस्तों अनलॉक होती जा रही है हमारा पैसा कमाने का पोटेंशियल भी बढ़ता जा रहा है तो भाई लेकिन आप तो यहाँ पे बॉस हो भाई इंप्लॉय थोड़ी हो अरे मतलब जो भी हो भाई हूँ बोस भी हूँ सीओ भी, भी तेरे को क्या है भाई अपना काम करना ये देख कितना मस्त फोटो आया है मेरा एकदम आधार कार्ड पे जैसा फोटो आता है लोगों को वैसा ही फोटो आया है और ये देखो उसको अनलॉक करती है कितना सारा चीज खुल गया तो सबसे पहले तो प्लांट्स और वॉल्स खरीद लेते हैं ओके okay, एक्सप्लाड करने के लिए हम लोगों को टू पॉइंट फाइव के चाहिए आ रही है तो एक हजार डॉलर में ओ और राइट ऊपर लोग इस बंद में भी चेंज हो सकते हैं अब इसको ऐसा क्यों लग रहा है भाई किसी ने थूत पे चमाटा मार दिया ये देखो कैसा चेहरा बना के खड़ा है ये? तो भाई, बहुत जोर से पीटा है भाई अरे हाँ भाई रो गिरी मारेगा तो कौन नहीं पीटेगा और ये क्या है ओ भाई ये तो भाई फुल माफिया बॉस लग रहा है What the hell? भाई यार कैसा ऑफिस चला रहा हूँ भाई मैं अपन लोग गुंडे हैं क्या चॉप तो भाई गुंडे का तो नहीं पता लेकिन गुंडे से कम भी नहीं लग रहा हो भाई अरे मैं अंडर टेक कर लग रहा हूँ का। तो काफी कुछ खरीदना पड़ेगा ऑल राइट तो भाई काम करता हूँ सबसे पहले तो हम लोग इधर चेकआउट कर लेते हैं इधर तो कुछ भी नहीं है एक सेकेंड कहीं मेरे को बाहर तो नहीं जाना भाई यहाँ पे मेरे को कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पर भाई मेरे को दिखी नहीं रहा था ग्रीन वाला पाथ, ओके बाय ऑफिस वन ओके तो पहला ऑफिस खरीद सकते हैं एंड हर ऑफिस में गाइस काफी सारी चीजें खरीदनी पड़ती है आपको जैसे कि हो गया आपका ड्रॉपर डेकोरेशन एंड ऑफिस हो चुका है लेकिन अभी ड्रॉपर खरीदेंगे और ये देखो पहला ऑफिस शुरू अरे सूट आसमान से कैसे गिर रहा है जादू की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पैसे बनाए जा रहे हैं भाई रो ब्लॉक्स में और ये बंदा कुछ ज्यादा मॉडर्न नहीं दिख रहा है हटाओ भाई अपन लोग वर्क कल्चर को लेकर बहुत ज्यादा मॉडर्न हो चुके हैं लगता है और ये क्या हो गया ओके ओके फाइन लेट्स गो मेरे को ऐसे ही कपड़े पहने नहीं थे वो. मैं गया ना? सारे पैसे <laughs> पहला ऑफिस हो गया गाइज कंप्लीट एंड अब पूरी बिल्डिंग में ऐसे ना जाने कितने बनाने होंगे तब जाके हमारा जो अल्टीमेट गोल है और मैं काम करता हूँ यहाँ पर जितनी चीज से मेरी नजर में आ रही है सारी खरीदते जाता हूँ बिना सोचे समझे क्योंकि एक अच्छा ऑफिस बॉस ऐसे ही बिजनेस रन करता है और तो, भाई का तो नहीं पता बैंक जरूर कर दोन करप्ट होगा और कौन नहीं है तो वक्त ही बताएगा और ना बहुत हीरो बन रहा है भाई देख भाई चौब सब कुछ बर्दाश्त कर लूगा भाई लेकिन आप उनके सामने ऐसा हीरो नहीं कर रहे क्या समझा तो भाई हीरो कर रहा हूँ भाई आप ऑफिस अच्छे से नहीं चला रो अच्छा तू सिखाएगा मेरे को ऑफिस कैसे चलाते हैं तेरे से बड़ा ऑफिस है मेरा ये देख रहा है पैसे देख रहे मेरे अकाउंट में गाइस ये देखो फाउंटेन बना दिया भाई किसके ऑफिस में गाइस आज तक आपने देखा है ऐसे मतलब वर्किंग के बीच में भाई साहब ने खुला साजेदारोलते मतलब है ना कि सर मेरे को छुट्टी दे दो बाहर घूमने जाना नहीं जाना है घूम के आते तो तुम्हारा मन भर जाएगा और ये देखो गाई सेकंड ऑफिस भी स्टार्ट कर दिया तुम्हारे भाई ने भाई बड़ा हसल होने वाला है यार यहाँ पे तो पता नहीं कितनी फ्लोर की बिल्डिंग बनी गई बट एक चीज कंफर्म है की हम लोगों का मेहनत पसीना और खून भी कभी कभी बह सकता है तो अपने भाई इन तीन चीनो, इन इन तीन मीन तीनों चीजों का जोर लगाना है और एक ऐसी चीज बनाना है जिसको देख करके दुनिया बोले वाह कंपनी हो तो ऐसी वरना भाई घटिया जोक मारना शुरू करूँ अपन लोग जाते हैं और सीधा मैक्स करके मिलते okay? so, right, so हैं बन चुके हैं मतलब लिटरली मेरे पास अरब एंड अरब ऑफ रुपीस है तो एक काम करते अपन लोग आपको टूर देते हैं ठीक है ये वाला एरिया तो आपको पता है यार ज़्यादा कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है ये आप ने देखा होगा लेकिन ये देखो भाई उसके बाद तो कितने सारे ऑफिस है मतलब इधर भी बंदे काम कर रहे हैं इधर भी काम कर रहे हैं एंड यहाँ पर आप बैठ के भी कर सकते हो ये है हमारे सीईओ का ऑफिस मैंने सोचा अकेले सारा काम करना अच्छा नहीं है तो हम लोगों ने एक सीईओ हायर कर लिया एंड अब यह बंदा भी बहुत पैसे कमा कर देता है गाइज तो अपने तो भाई काम नहीं करना पड़ता सब कुछ ये मैनेज करता है एंड यहाँ पर काफी सारे लोग आपको देखने को मिलेंगे जो भाई भाई अपने दिलो जान से यहाँ पर कोशिश कर रहे कि भाई हम लोगों को अच्छा खासा पैसा, सके, ताकि उनको भी अच्छा पैसा मिल पर लोग बोलते हैं जॉब वालों की बॉडी नहीं होती पता चल जाएगा एलिवेटर इससे आप सीधा ऊपर आते हो आपका बहुत मस्त है चीजें कर सकते हो अरे क्या कर सकते हो भाई कुछ तो नहीं कर सकते नॉर्मल हाँ, बहुत अच्छा काम करते हैं उनको भेज देते हैं सुपरकार की सवारी कर सकते हो फोटो वगैरह खिंच सकते हो आप देखो हम लोग का असली राजने का खिलौने बनाना देख रहे खिलौने और ये है हमारा तो सही है लेकिन क्यों चल रही है आप लोग कार्टून गेम खेलते रहते हो दिन भर बैठ के कॉन्फ्रेंस के नाम पे। अरे नहीं दोस्त ये अरे ये, ये, ये, मतलब आप आप नहीं, नहीं, नहीं, नहीं देखो मेरे ऊपर दोस्तों नहीं किया है हम लोग यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बिजनेस डिस्कस करते हैं उड़ती हुई बिल्ली में समझ में नहीं आया भाई अरे वो हटाओ ये देखो रैपर भाई आए भाई यो हानी सिंह के जो भतीजे वो आए हैं क्या भाई कैसे हो लगता है हा भाव नहीं देने वाला चल चो चलते घमंड खाने वाले लोगो से रैप पर बन गया तो क्या भाई पैसे तो हमारे पास भी ज्यादा है ये ये देख तेरा मिल गया मेरे को तो भाई भाई तो एकदम एकदम सूट कर आया है जॉब के लिए अरे तुम दोनों सिर्फ यही एक बंदा है जिसके ऊपर हो सकता है बाकी है ओके देट्स इंटरेस्टिंग और ये हमारा एकदम लबला जवाब वर्ल्ड क्लास लेवल का किचन यहाँ पर आपको कुछ भी खाने को मिलेगा ब्रेड चाय मांगता तुमको समोसा लिट्टी चोखा कुछ भी खाना यहाँ पे और घंटी बजाना तो भाई कितना पैसा हुआ शांति से ये बताओ अबे चल बे पैसा वैसा नहीं हुआ भाई बॉस ने सब कुछ फ्री करके रखा है फायदा क्या है इतने पैसों का भाई जब तुम समोसा और चाय भी फ्री में ना खा सको और ये देखो ये है लेबोरेट्री यहाँ पर हम लोग सीक्रेट केमिकल्स पे काम करते है गाइज यहाँ पे सिक्योरिटी भी बहुत ही ज्यादा टाइट है इसी एरिया लोगों का कंपनी का मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट होता है और हम लोग पैसे में डूबे पैस तो मतलब अराउंड हो चुके हमारे पास लेकिन एक ऐसी चीज है जिसको मैं अभी तक अनलॉक नहीं कर पाया हूँ एंड गाइज वो है ये वेयर हाउस और ये वेयर हाउस जो है ना वो एक्चुअली एक पूरा डिफरेंट यूनिट है इसको अनलॉक करने के लिए दस बिलियन डॉलर्स चाहिए जो कि मेरे पास अभी बिल्कुल भी नहीं है गाइज कपल तो एक काम करते हैं अगली वीडियो में इसको ट्राई करेंगे ठीक है वीडियो पसंद आए लाइक करो चैनल पे पर सब्सक्राइब करो थैंक्स वाचिंग एंड स्टे फ्रॉस्टी